नंबर्स अब क्या होता है कि मेरे पास नंबर है मुझे इस में देना है। मुझे अपने इस नंबर में क्या देना है क्रॉस देना है। तो एक क्रॉस कैसे है? अगर आप इसकी में आउट क्या करेंगे इस तरह से क्रॉस लगा सकते हैं ना सर या इस तरह की चीजें कर सकते हैं तो हम एक्सल इस तरह की चीजें कैसे कर सकते हैं ये कहा से किया क्रॉस ये तो मेरा का जूम का है इसलिए मैं जूम से बहुत ये दिया जूम का सेशन है ने जूम से मैंने कर दिया लेकिन आ, आप खुद से कैसे करेंगे तो इसके लिए आप यूज करेंगे बॉर्डर तो राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट सेल पे जाइए बॉर्डर पे आइए अब मुझे कलर लेना है कलर्ड करना है कलर कर लिया हमने बॉर्डर के मोटाईल को सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने यहां पे क्लिक किया फिर वापस यहां पर क्लिक किया एंड इसको ओके हो गया सर अब F4 होता है F4 क्या करता है लास्ट एक्शन को रिटर्न करता है रिपीट करता है F4 फोर अगर अपने की का F4 फोर प्रेस करते हैं तो लास्ट एक्शन को रिपीट करता है. इसी में मैंने अगर फॉर्मेट सेल में गए मुझे सही का निशान चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं इसको करते हैं इसको ले लेते हैं और यहां पे इसको ले लेते हैं okay, सर और एक बार फॉर्मेट सेल right, और ये आपका बॉर्डर्स का कलर चूज कर लीजिए और आपको फिर कौन सा कौन से बॉर्डर चाहिए इस तरह बॉर्डर चाहिए और इस तरह का बॉर्डर चाहिए ठीक है क्लियर है सर कैसे कर सकते लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ये होती है कि एक सिर्फ विजुलाइज़ के लिए होता है आप इसके बिहार की पे कंडीशंस या फिल्टर चीजें नहीं लगा सकते तो हमारे पास एक फॉर्म होता है जिसमें मैं पी सेलेक्ट लिख दू और पी को उस फॉन्ट में डालू मतलब कि मैं इसकी जो फॉन्ट है वो फॉन्ट में बाइंडिंग टू या डेरिंग टू होता है एक मिनि इस फ़ॉन्ट पे क्लिक कर दो तो जो पी है उस इस तरह के निशान बन जाए राइट और ये जो यहां पे जो हम क्रॉस के लिए करन, वो लिख सकते हैं राइट अब इसके इसके भी हाँ। बोलना पे नहीं आया समझते हैं फ़ॉन्ट क्या होता है तो कन्वर्ट में विजिलाईज कर देता है समझे अब एक बार विंडिंग हाँ, देखिए सामने ठीक है ओ अच्छा बट एक्चुअली में होता ओ ही है और होता भी ही क्योंकि सिंपल सा मेथर्ड है कि आप किसी भी तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई करके ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकते आपका चेंज जस्ट विजुअल होगा ओरिजिनल नहीं होगा समझ गए क्लियर है क्या हाँ ऐसे और भी बहुत सारे सिंबल्स है आप फॉर्मेट में जाएं यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आएंगे इंसर्ट में यहां सेम्बुल दिख रहा है इक्वेशन भी है और सेम्बुल भी है इसके अंदर सारे सेम्बुल अलग अलग फॉर्म यहां सिलेक्ट करें अलग अलग सेम्बुल को देख लें ठीक है